नमस्कार आप देख रहे हैं ए रियल न्यूज और मैं हूँ आपके साथ में मोनिका आइए नजर डालते हैं आज यानी कि 28 अक्टूबर 2021 की खास खबरों पर पैगासेस जासूसी मामले की जांच करवाने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है अदालत ने जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आर वी की अध्यक्षता में काम करेगी इस कमेटी ऐसी कहा गया है की पैगसेस ऐसी जुड़े आरोपों को तेजी ऐसी जाँच कर रिपोर्ट सौंपे अब हफ्ते बाद फिर इस मामले में सुनवाई की जाएगी वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें सरकार ने अपना एक्सपर्ट पैनल बनाने की मांग की थी कोर्ट ने कहा है कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की सिर्फ बात करने से अदालत मूग दर्शक नहीं बन रह सकती और इसी के साथ एन सी के वरिष्ठ नेता और मंत्री नवाब मलिक ने आर्यन खान ड्रग्स मामले में एक नया खुलासा करते हुए बुधवार को आरोप लगाया है की एन ने टारगेट कर कुछ लोगो को पकड़ने के लिए शिप आरोप रेड की थी उन्होंने वान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया था जिसे जानबूझकर जाने दिया गया मलिक ने आगे कहा कि इस दाड़ी वाले माफिया ने ड्रग पार्टी का आयोजन किया था वहीं उसकी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें भी मेरे पास हैं जिसमें वह बंदूक के साथ नजर आ रही है मलिक ने आगे कहा की मुझे लगता है की डाड़ी वाले की वान से मित्रता है हालांकि मलिक ने मीडिया को अभी उनकी तस्वीरें और वीडियो जारी नहीं किए है लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि हमने इस एनसीबी अधिकारियों को दे दिया है और अगर वे जांच नहीं करेंगे तो हम इन्हें सार्वजनिक कर देंगे और इसके साथ इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी सुकमावती सुकर्णो पुत्री ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म की राह पकड़ ली है बताने सुकुमावती ने मंगलवार को इंडोनेशिया की सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाले स्टेट बाली में एक सेरेमनी सुधीवादानी के दौरान हिंदू धर्म स्वीकार किया बता ने सुकुमावती सुकर्णो की तीसरे नंबर की बेटी है उनका पूरा नाम मुतियारा सुकुमावती सुकर्णो पुत्री है उनके हिंदू धर्म स्वीकार करने का समारोह बाली के बाले आंगो सिंगा जिले में सुकर्णो हेरिटेज सेंटर में किया गया था मंगलवार को सुकुमावती का सत्तरवा जन्मदिन भी था और इसके साथ स्टार के आरियन खान इन दिनों ड्रग्स केस में फंसने के बाद आर्थर रोड जेल में है आर्यन के केस की कमान नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पास है वही समीर वानखेड़े जो 10 साल पहले शाहरुख खान को भी कस्टम ड्यूटी न भरने के आरोप में पकड़ चुके हैं दरअसल साल 2010 में समीर वानखेड़े ने हॉलैंड और लंदन में छुट्टी मनाकर लौट रहे शाहरुख खान को मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया था शाहरुख के पास उस समय कई ऐसी विदेशी चीजें थी जिन पर कस्टम चार्ज लगना था एक्टर के पास 20 बैग थे जिनमें से ज्यादातर सामान के लिए कस्टम चार्ज नहीं भरा गया था ऐसे में उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया था बता रहे एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े उस समय एयरपोर्ट की कस्टम ऑफिस में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर ड्यूटी दे रहे थे कस्टम चार्ज ना देने के कारण शाहरुख को घंटों तक एयरपोर्ट में बैठाकर पूछताछ की गई थी वहीं पूछताछ के बाद शाहरुख को डेढ़ लाख रूपए का जुर्माना भी चुकाना पड़ा फिलहाल इस खास खबर में इतना ही देशों विदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए ए न्यूज